If you think you are bad, I am your dad. Okay, so, see you on blue. I'm left. Here he on the right. Target down. Maro, hamko maro, hamko jinda mat chhodo, saalo. Hamko hi mandir ka ghanta hai ki koi bhi yaake baza jata hai. Target down. That's a hit. <laughs> <it down. laughs> ये कौन है से हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंट पॉइंट <स्थ> <स्थ>